हेलो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल क्रिक ऑन गेमर पर तो दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने सजेशन टू रियल क्रिकेट का वीडियो बनाया था तो दोस्तों वो पार्ट वन था ये पार्ट टू है क्योंकि सारे फीचर्स मैं एक साथ सजेस्ट नहीं कर सकता एक ही वीडियो में क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक जरूर करिए तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा तो स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों आपने देखा होगा कि रियल क्रिकेट ट्वेंटी में जो क्लियर कार्ड का फीचर है जिसमें आपको पूरा प्लेइंग 11 दिखाया जाता है तो दोस्तों उसमें कैप्टन को मेंशन नहीं किया जाता कि कौन कैप्टन है कौन विकेट कीपर है तो दोस्तों वो अगर मेंशन कर देंगे ना तो वो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा और रियलिस्टिक देखेगा क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत सारी गेम्स में है लेकिन रियल क्रिकेट में नहीं है जबकि रियल क्रिकेट नाम ही रियल क्रिकेट है तो आपको थोड़ा रियल भी तो बनाना ही पड़ेगा तो वो थोड़ा रियलिस्टिक दिखेगा अगर रियल क्रिकेट ट्वेंटी वन में अगर वो ऐड कर देते हैं तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा तो दोस्तों दूसरा फीचर मैं चाहता हूं कि अगर ये आ जाए कि जैसे अगर आप, आपका ए जो बॉलिंग करता है तो जब वो बॉलिंग करता है और वो अम्पायर के करीब आता है बॉल डालने के लिए तो उस समय आपको ये पिच कसर अगर दिखाई देगा तो अच्छा रहेगा पहले से हाइट रहना चाहिए कि आपको पहले से पता नहीं होना चाहिए कि बॉ बौल, बॉलर कहाँ बॉल डाल रहे हैं आपको एंड में मालूम पड़ेगा तो उससे गेम थोड़ा हार्ड हो जाएगा और हार्ड खेलने का मज़ा ही अलग है आपको पता ही है क्योंकि इजी गेम खेलने में कोई फ़ायदा नहीं है तो वो एक बढ़िया सा हो जाएगा दोस्तों अगर पिच का को ये थोड़ा हाइड करके रखे जब वो अंपायर के करीब आएगा तब वो दिखना चाहिए अगर आपने देखा होगा क्रिकेट 19 में वैसे ही है वो जो पीसी का गेम है और अगर ई स्पोर्ट्स का गेम अगर आपने खेला होगा तो उसमें भी ऐसे ही है आपको पहले नहीं पता चलता है तो दोस्तों अगर वो ऐड कर देते ना तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा और दोस्तों तीसरा फीचर मैं चाहता हूँ कि इसमें फील्डिंग सेटिंग फील्डिंग सेटिंग जो आप देख सकते हो कि इसमें इन्होंने पर्टिकुलर डॉट्स रखे हुए वो डॉट के अंदर ही आपको फील्डिंग रखनी है आप उसके आगे पीछे आप अपने हिसाब से नहीं रख सकते तो दोस्तों वो चीज़ अगर ये हटा दे डॉट सिस्टम हटा दे और आप अपने हिसाब से हम एडजस्ट कर सके कि आगे पीछे जहाँ मर्जी हमको फील्डिंग लगानी हम लगा सके तो दोस्तों वो बहुत ही बढ़िया रहेगा वो अच्छा फीचर है और वो बहुत सारी गेम्स में जितनी भी क्रिकेट गेम्स है वो सब में है लेकिन एक रियल क्रिकेट है उसमें नहीं है तो वो एक आना बहुत ज़रूरी है अगर वो आ जाता है तो दोस्तों बहुत ही बढ़िया रहेगा और दोस्तों मैं दूसरा चौथा जो फीचर है वो मैं चाहता हूं कि मैन ऑफ द सीरीज़ का हाँ मैन ऑफ सीरीज का सेलिब्रेशन इसमें नहीं है कि कोई भी टूर्नामेंट में अगर प्लेयर मैन ऑफ द सीरीज का उसका अवार्ड नहीं मिलता है अगर वो, वो रन करता है या ब, क्या कहते हैं कि बॉलिंग में बहुत सारी विकटें निकालता है तो मैन ऑफ दीरीज़ का भी अवॉर्ड मिलना चाहिए वो बहुत ही बढ़िया फीचर है और एकदम रियलिस्टिक दिखेगा तो दोस्तों वो रियल क्रिकेट में अवेलेबल नहीं है तो वो अगर आ जाएगा तो बहुत ही बढ़िया रहेगा और दोस्तों मैं पाँचवा फीचर चाहता हूँ कि रियल क्रिकेट में जो रेन का फीचर अभी है करेंटली तो उसमें थोड़ा अगर बदलाव करेंगे ना तो बहुत ही बढ़िया रहेगा थोड़ा रियलिस्टिक कर देगी जैसे कि आपने देखा होगा कई बार आ, फर्स्ट इनिंग में भी बारिश गिरती है तो सेकेंड इनिंग में भी बारिश गिरती है और सेकेंड इनिंग में भी थोड़ा फिर मैच छोटा हो जाता है डीएल मेथड के हिसाब से तो दोस्तों अगर सेकेंड इनिंग में भी बारिश गिरेगी तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा एकदम रियलिस्टिक दिखेगा कभी कभी ऐसा होता भी है तो दोस्तों अगर वो भी एक थोड़ा चेंजेस कर देंगे तो एक अच्छा रहेगा और दोस्तों मैं चाहता हूँ कि जैसे आ, हर स्टेडियम का वेदर अ डिफरेंट लेवल का होता है तो, तो जैसे आप देखोगे इंग्लैंड में क्लाउडी वेदर होता है हर समय ऑलमोस्ट ज़्यादा करके तो लेकिन रियल क्रिकेट में आपको ज़्यादा करके क्लाउडी बहुत कम दिखाते हैं और क्लाउडी वेदर जो दिखता है एकदम रियलिस्टिक वो है नहीं अगर वो थोड़ा एक अच्छे से कर देंगे तो दोस्तों बहुत ही बढ़िया हो जाएगा और देखने में भी मज़ा आ जाएगा तो दोस्तों ये एक है और मैं चाहता हूँ कि दो, दोस्तों कि इसमें कैमरा एंगल जो अभी है रियल क्रिकेट में वो लगभग एकदम रियलिस्टिक है पर थोड़े से कम है अगर थोड़े डिफरेंट लेवल टाइप के कैमरा एंगल्स अगर आ गए तो भी अच्छा हो जाएगा दोस्तों और, और कैमरा एंगल देखने में भी मज़ा आएगा तो वो एक अगर थोड़ा चेंजेस करेंगे तो अच्छा हो जाएगा दोस्तों मैं चाहता हूँ कि स्टेडियम का भी थोड़ा लुक चेंज कर देंगे ना थोड़ा साइज़ बड़ा कर देंगे तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा और uh, क्योंकि रियल क्रिकेट में बहुत छोटे छोटे स्टेडियम है उसको अगर थोड़ा साइज़ बड़ा कर देंगे हर स्टेडियम का जो साइज़ होता है उसी हिसाब से करेंगे, करेंगे तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा तो दोस्तों यही कुल मिला के कुछ फीचर्स है जो मेरे को uh, लगे कि रियल क्रिकेट ट्वेंटी में आने चाहिए तो दोस्तों यही मैंने सजेशन दिया है और उम्मीद करता हूँ कि रियल क्रिकेट ट्वेंटी अगर इस फीचर को अगर ऐड कर दे, दे रियल क्रिकेट 21 में तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा तो दोस्तों फ़िलहाल इतना ही मैं आपको अगले वीडियो में मिलूँगा तब तक ले बाय बाय दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक ज़रूर कर लीजिए मैं आपको बहुत ही जल्दी एक अगला वीडियो लेकर आऊँगा बाय